नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा कैबिनेट डोर होते हैं उसके चारों साइड में लेमिनेट किस प्रकार से प्रेस की जाती है हमारे द्वारा ये जो टक्कर है ये बोल्ड से एकम ज़्यादा काट कर उसके फेविक को लगा इस प्रकार से अच्छे तरीके से टेप मार देंगे टेप के बीच में ज़्यादा गेप ना हो आप आधा इंची या पौना इंची गैप छोड़कर टेप लगाते रहो जिससे कि जो हमारी माइक है वो अच्छे तरीके से बोल्ट पर चिपक जाए कहीं पर भी गैप ना आए जिस का अगर गैप आएगा तो हमारा जो ग्रुप है वो अच्छी तरह से नहीं दिखेगा माइक माइका सोखने के बाद में इसकी टेप उतारकर जो इसकी आधा मम ब माइका है, है। उसको हम ग्रैंडर की मदद से अच्छे तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग देकर बराबर कर लेंगे और उसके बाद में इसके दो फ्रंट और बैक साइड माइका सेट करेंगे इसकी चारों साइड माइका लगाने के बाद में हमारी इसकी फ्रंट इस तो साइड है जो सीट है और जो हमारी बैक साइड में वो वो वाइट सीट है हम इसे किस प्रकार से फिटिंग करते हैं आप ड्रिंग के द्वारा भी बहुत जल्दी कर सकते अगर आपको है तो आप इसको इस प्रकार से नीचे रख जो ये हमारी कटिंग है दो तीन सूच फालतू की तो आप हम इसके साइड से इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे इसको चारों साइड से मारे। अच्छी तरीके से मार्किंग करने के बाद में अगर जिस साइड में आपकी ज्यादा है तो आप डायरेक्ट कलम से अगर आप इस साइड में कलम से काटते से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कलम से भी सकते हो और तो उसके बाद में जो ये हमारी मार्किंग है इसको तो धंधे के द्वारा सेट कर लेंगे जो हमारे कारपेंटर भाई रेती की मदद से सरमाई का कटिंग करते हैं उसमें अच्छे तरीके से फिनिशिंग नहीं आती है इसलिए आप जब भी सनमाई का फिटिंग करो तो आप रंधे की मदद से मार्किंग करके सनमई का फिटिंग करनी चाहिए जिससे कि हमारी अच्छे तरीके से फिनिशिंग आ सके चारों साइड से बिल्कुल बराबर आएगा और अगर आप साइड से कलम से द्वारा कटिंग करते हो अगर स्क्रैच नहीं पड़ रहा आपको अच्छे तरीके से कलम चला सकते हो तो आप सीधी कलम से भी काट सकते हो लेकिन कलम से काटते तो वक्त ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए तो दोस्तों इसी प्रकार से हम दोनों चीज है वो सेड कर लेंगे मार्गिंग करने के बाद ये का है जो ट हो गया अब इसके जो वाला पीस है वो हम सेट कर लेंगे इसको भी उसी प्रकार से तो दोस्तों ये हमारे दोनों पीस इसी प्रकार से रंधा मारकर सेट कर लिए हैं चारों साइड से अब बिल्कुल बराबर माइक आएगी थोड़ी बहुत रहेगी हल्की हल्की ज्यादा रहेगी तो वह हम फिनिशिंग बाद में चोरसी के द्वारा दे सकते हैं तो दोस्तों अब हम इसको हेवी पोल के द्वारा चिपकाएंगे दोस्तों अब हम इसके फेविक को लगा लेंगे सेविकुल अगर आप इस काम में नए हो तो आप कंघी के तो कंघी का यूज करें अगर आपको काफ़ी अनुभव है समयका का तो आप प्लान सेविकुल भी लगा सकते हैं आप प्लास्टिक वाली कंगी से भी फेविक लगा सकते हैं नहीं तो आप मायका की खानचे निकाल कर कंगी बना सकते हैं दोस्तों आप हम प्लान फेविक को एक साइड से मायका पर फेविक लगाने के बाद में दूसरी साइड बोर्ड पर फेविक लगा लेंगे अब बोर्ड को अच्छी तरह साफ़ कर लें जिससे कि कोई कचरा वगैरह अंदर ना आए जिससे कि हमारी हमारे सनाईका खुलें डस्ट नहीं आनी चाहिए इसका खास ध्यान रखें अगर फिर भी कोई हो तो आप डब्बे में वापस डाल दो दोस्त इस प्रकार से आप अच्छे तरीके से को लगाएं कोई भी कन्नी वगैरह रहे ना और इसके बाद में अपना जो बैक साइड वाला पीस है उसके पहले दोनों साइड सब लगा कर एक साइड से प्रेस करते हुए सेट कर लें और अच्छे तरीके से मालिश कर लें उसकी और इसके बाद में हम दूसरी साइड वाला पीस है जो हमारा फ्रेंड का उस साइड में सवी लगाएंगे पहले आप माइस पर सवी लगा लें अगर दोस्तों आपको कौन सा फेविकल यूज़ करना चाहिए उस पर वीडियो चाहिए तो हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे आप कमेंट कर देना नहीं। हमें आपके कमेंट का बेस ब्रेस इंतजार रहेगा इस तरह अच्छे तरीके से नहीं करें पहले तेविकल लगा लेंगे जो एक्स्ट्रा फेविकल होगा वो अपने बोर्ड पर उतार लेंगे और इसको साइड में रख देंगे कल ही निकल नहीं रहा है प्रयास जारी है आप इस प्रकार से अच्छे तरीके से सेप लगा लेंगे और इसके बाद हम इसका फ्रंट वाला पीस है इसको कुकर सेट करके लगा लेंगे इसको अच्छी तरह से मालिश कर लेंगे तो दोस्तों इसके जो टेप है दोनों साइड में एक साथ लगा देंगे तो दोस्तों चारों साइड में अच्छी तरह से टेप लगा देंगे और ये हमारे साथी कार्य तो भाई करण सिंह भी को लगा रहे हैं इस प्रकार से चारों तरीकों में अच्छी तरीके से टेप लगा लेंगे और जो ये हमारी माइका है ये भी देख लो ज्यादा बड़ी हुई नहीं है और जो थोड़ी बहुत हल्के हल्के हो वो आप बाद में चोर से या रंदे द्वारा फिनिशिंग दे सकते हो इस प्रकार से हमारा पल्ला रेडी हो गया